रामा फाइल कितर है कुछ भी करें फाइल नहीं मिलेगी धारावी बैंक वो अपने आप में एक इंडस्ट्री शिपिंग पोर्ट से लेकर स्पोर्ट्स तक रियल एस्टेट से लेकर पॉलिटिशियंस तक के पैर सब पर निशान कहीं नहीं हमारी मुंबई पुलिस फोर्स ना सिर्फ इस नेक्सेस को रोकेगी बल्कि तोड़ेगी भी तीस हजार करोड़ के एम्पायर के पीछे जा रहे हैं। और वो एम्पायर धारावी के तीस हजार गलियों के पीछे छुपा है कमिश्नर जयंत कावस्कर, गावस्कर और धारावी दोनों तुम्हारे पहुँच से बाहर हैं। रही है मेरा फैमिली को टच नहीं करने का दारावी का एक-एक घर, -एक का फैमिली का हिस्सा है आप हमारा मसीहा जैसा है आपका हाथ हम सब पर है इसलिए आज हमारा इधर नाम उनका नाम सुनते ही लोग जगह पे हाथ देते हैं ऐसा भवर है अप्पा का उसके साथ तुम क्या करोगे ठोक दूंगा मुंबई का एक ही गवर्नमेंट दारावी बैंक